नाम मीरा नाम मेरा राधा।, ना ना राधा फिर भी शाम को पाना है फिर भी भी शाम को पाना है। पास मेरे तो कुछ नहीं है पास मेरे तो कुछ भी नहीं है चरणों में शीश झुकाना है जब से तेरी सूरत देखी कुसुम प्रेम की मूरत देखी जब से तेरी सूरत देखी कुसुम प्रेम की मूरत देखी अपना तुझे बनाना है अपना तुझे बनाना नम मीरा न मेरा राधा। फिर भी शाम को पाना जब तप साधन कुछ ना जानू अपनी लगन को सब कुछ मानू जब तप साधन कुछ ना जानू अपनी लगन को सब कुछ मानू दिल का दर्द सुना शाम को पाना जन्म जन्म से भूली तुमको अब जाकर हूँ जानी तुमको जन्म जन्म से भूली तुमको अब जा करू जानी तुमको तुम अपना शाम को पाना है दासी तेरी शरण में आई लगन मिलन की मन में समाई दासी तेरी शरण में आई लगन मिलन की मन में समाई